दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि डिजी लॉकर से अब आप अपना निवास प्रमाण पत्र किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर एप्लीकेशन भारत सरकार की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें भारत सरकार के सभी संस्थानों और विभागों के साथ साथ सभी स्कूल, कॉलेजों विश्वविद्यालयों और बीमा और कई अन्य निजी संस्थानों द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र मार्कशीट डिग्री प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं तो इनकी एक डिजिटल कॉपी डिजी लॉकर में अपने आप ही आ जाती है तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं और किस प्रकार से आप अपने जो भी प्रांत के रहने वाले हैं आप वहाँ का किस प्रकार से निवास प्रमाण पर डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डिजी लॉकर अकाउंट पर आना होगा तो जैसे ही आप डिजी लॉकर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर अकाउंट इस तरह से खुल जाएगा उसके बाद इसका हमने डिजी लॉकर का न्यू अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम आपको बता चुके हैं अब हम आपको ये बताएंगे कि अब आप इसमें अपने डाक्यूमेंट किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा न्यू अकाउंट डिजी लॉकर का बनाने का जो प्रोसेस है उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सप्लोर मोर इस पर क्लिक करना है एक्सप्लोर मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कई प्रांत आ चुके हैं स्टेट जहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद एक्सप्लोर मोर फिर आपको वहाँ पे क्लिक करना है जैसे ही आप एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के जितने भी प्रांत हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे उसके बाद आप जो भी प्रांत के रहने वाले हों उस प्रांत पर आपको क्लिक करना है तो जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो भी सेवाएं डिजी लॉकर के माध्यम से चालू की गई हैं वो सारी यहाँ पर सेवाएं आ जाएंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सेवाएं जो जो भी उत्तर प्रदेश में लागू की गई हैं डिजी लॉकर के माध्यम से तो वो यहाँ पर हैं तो हमको यहाँ पर अपना यूपी का निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो इसके लिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो इस सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जिस नाम से आपने डिजी लॉकर अकाउंट बनाया होगा वो नाम यहाँ पर अपने ही आप आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट आईडी प्लस एप्लीकेशन नंबर तो आप जब अपना निवास प्रमाण पत्र बनाए होंगे तो उस पर आपको एक मिला होगा आवेदन प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र क्रमांक ये दोनों आपके निवास प्रमाण पत्र में लिखे हुए होते हैं तो आपको वही आवेदन क्रमांक यहाँ पर दर्ज करना है और प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे दर्ज करना है तो चलिए हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट आईडी हमने दर्ज कर दी है उसके बाद एप्लीकेशन नंबर ये भी हमने दर्ज कर दिया है और दर्ज करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर में ये का निशान लगा हुआ ये ऑलरेडी लगा ही रहेगा और इसके बाद ये आप देख सकते हैं गिट डाक्यूमेंट इस गिट डाक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है फैक्चिंग होगा और फैक्चिंग होने के बाद ये इसी प्रकार से ये लिस्ट में लग जाएगा जो भी आपका अकाउंट है उसी के लिस्ट में ये आपका लग जाएगा तो दोस्तों चलिए अम्बेट कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही वहाँ पर फैक्चिंग होगा फैक्चिंग होने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा प्रमाण पत्र ये लिस्ट में लग गया है तो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा निवास प्रमाण पत्र ये जनरेट हो गया है और निवास प्रमाण पत्र जनरेट होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि डाउनलोड का निशान आप इससे चाहें तो आप इसको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं तो देखिए फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है और आपके फ़ोन के जो मेमोरी उस पर यह चली गई है तो आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा और इस निवास प्रमाण पत्र को आप चाहे जहाँ पर भी डिजिटली तौर पर हो या किसी भी तरीके से ऑफलाइन या किसी कहीं से भी आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से मान्य हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद टेक बेरी चैनल में आप लोग हर तरह की ऑनलाइन जानकारी पा सकते हैं इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाकर आल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा मैं शीबू ब्लैकबेरी और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप ही मेरी ताकत है और यह हमारे चैनल का लिंक है धन्यवाद दोस्तों यूट्यूब डॉट